इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़बोले नेता प्रीतम लोधी को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है बीजेपी ने बोरिया बिस्तर बांध दिया है प्रीतम लोधी का प्रीतम लोधी वही नेता है जिन्होंने दो दिन पहले ब्राह्मणों को लेकर बहुत ही हल्की टिप्पणी की थी उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं हैं हमारे समाज की वो ब्राह्मणों के प्रति आकर्षित हो जाती है ब्राह्मण आते हैं कथाएं करते हैं और पैसा दूध घी दही सब लेके चले जाते हैं नौ दिन बाद उनका पता नहीं चलता है प्रीतम लोधी ने यह भी कहा था कि सुंदर स्त्रियों को ब्राह्मण आगे बैठा लेते हैं फिर उनका भोजन करने पहुंच जाते हैं प्रीतम लोधी ने बेहद घटिया टिप्पणी ब्राह्मण समाज को लेकर की थी जिसके बाद ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश में आक्रोशित आप, था और बीजेपी भी उनके इस बयान के बाद बहुत भयभीत नजर आ रही थी कि, कि कहीं सवर्ण समाज जो है वो नाराज ना हो जाए भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि 2018 में जब माइकल लाल की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी तो 2018 में ही उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और कांग्रेस सत्ता में आ गई थी इस बार बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी इसलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने तत्काल इस पर एक्शन लिया और प्रीतम लोधी को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है प्रीतम लोधी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले बीजेपी के नेता हैं और उनको लेकर बीजेपी हमेशा टेंशन में इसलिए रहती थी क्योंकि प्रीतम लोधी उमा भारती के जरिए बीजेपी में आए थे और उमा भारती कैंप के नेता माने जाते थे खबर तो ये भी है कि बीजेपी को इस मौके का इंतजार था कि प्रीतम लोधी कोई गड़बड़ी करें और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए बीजेपी ने ऐसा ही किया है इस बार और बीजेपी के जो नेता है उनका कहना था कि उनकी जो टिप्पणी है बीजेपी उससे एक राय नहीं है बीजेपी ब्राह्मण समाज के बारे में ऐसा नहीं सोचती है लेकिन जो प्रतिक्रिया उनकी टिप्पणी पे हुई थी उसने बीजेपी को हिला कर रख दिया था और यकीनन बीजेपी के मिशन 2023 में एक बड़ा रोड़ा प्रीतम लोधी बनते उसके पहले उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है समाज विशेष के संबंध में जो बात कही भारतीय जनता पार्टी तो सहमत नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सभी धर्मों का सम्मान किया है सद्भावना की बात सदैव भारतीय जनता पार्टी करती रही उनको नोटिस दिया गया वो आए नोटिस दिया उन्हें माफीन भी, भी भारतीय जनता पार्टी को लिखकर के दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसके बाद भी उसे संतुलन होते हुए पार्टी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया